जाने क्यों धड़का ही नहीं है कब से ये दुआ है मेरी रब से तुझी आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए तुम ही अब कुछ कहो सुलझाओ कैसे ये मुश्किल झाओ कैसे मुश करो झूठ बोल के ही रख लो ना तुम मेरा ये दिल तो तोड़ दे देना टूटा तो ही नहीं गए तब से ये दुआ है मेरी रब से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 कैसे खुद को मैं संभालूं तू बता तेरे दिल है सुना सुना मेरे दिल का कोना कोना तू क्या जाने कैसे बड़ा है कब से ये दुआ है मेरी रब से तुझे आशिकों में सबसे